कभी कभी जब हम फिल्टर लगाते हैं या फिर हाइट करते हैं तो क्या होता है कि जब जब उसको कॉपी करते हैं तो पीछे के डेटा भी कॉपी हो जाता है जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइट कर रखा है और अपनी डेटा को कॉपी करके कि किसी अनुद्र लोकेशन में हम पेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा पेस्ट होगा देख सकते हैं देखिए मुझे पेस्ट करना है जो मेरा रिजनल तो है उसकी जो तो डिटेल है नहीं चाहिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा हाइट किया हुआ है वो तो नहीं चाहिए तो इस केस में हम क्या करेंगे यहां पर शॉर्टकट कंट्रोल जी होता है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें विजबल सेल्स ओनली क्या सिलेक्ट करेंगे विजुबल सेल्स ओनली तो क्या होगा जो एरिया विजुअल है वही एरिया आपका सिलेक्ट होगा अब इसको कॉपी करेंगे और कहीं पेस्ट करेंगे तो जितना एरिया आपका विजुअल था वही पेस्ट हुआ अब इसका यूज हमेशा आप फिल्टर पे करेंगे जैसे आपने फिल्टर लगाया इस पर फिल्टर लगाने के बाद मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अजीत को सिलेक्ट कर लिया तो जितना अजीत अजीत और इंदू मोहन को सिलेक्ट कर लेता अब मुझे इसको कॉपी करना है तो छोटे में डेटा तो फर्क नहीं पड़ता तो बड़ा हो तो कॉपी करने से पहले आप कंट्रोल जी करें स्पेशल में जाएं और यहां पे आप सिलेक्ट करें विजुअल सेल्स ओनली उसके बाद डेटा को कॉपी करके किसी अदर शीट या अदर लोकेशन पे आप पेस्ट करेंगे